वेलकम टू माई YouTube चैनल मैं आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ वेलकम टू माई YouTube। नमस्कार साथियों मेरा नाम सुनील कुलेरी है और मैं झुंझुनू जिले के एक छोटे से गांव पिकोदना से बिलोंग करता हूँ और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ अपने ही बारे में अपनी जर्नी के बारे में अपनी लाइफ के बारे में मैं आज आप लोगों के सामने जो बोल रहा हूँ बोल पा रहा हूँ वो वैसे मेरा सपना था मेरा ड्रीम था लेकिन कुछ कमजोरियाँ थी मेरे अंदर मानसिक रूप से कोई कमजोरी नहीं थी लेकिन शारीरिक रूप से बहुत सारी कमजोरियाँ थी लेकिन उनको मैंने पीछे छोड़ दिया और अब मैं इन चीजों के बिल्कुल भी ऊपर आश्रित नहीं हूँ मतलब मैं ना तो ये मेरे को बांध सकती है ना मेरे को रोक सकती है ना मेरे को टोक सकती है और वैसे ही मैं आज आप लोगों के साथ मेरी जिंदगी के कुछ अनमोल पल अनमोल वचन अनमोल बातें हैं जो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा ये जो भी कुछ बोल पा रहा हूँ इसकी भी एक प्लेटफॉर्म की बदौलत बोल पा रहा हूँ एक प्लेटफॉर्म मिला मुझे फॉर लिविंग प्रोडक्ट के नाम से आज से नहीं दो साल 2021 की बात है लॉकडाउन लगने से पहले की बात है मुझे मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता था सोशल मीडिया पर ही मेरी जिंदगी के मतलब ये मानो जैसे एक शाह के पास चौबीस घंटे होते हैं तो मेरे चौबीस घंटे में से दस घंटे ग्यारह घंटे थे जो मतलब सोशल मीडिया के ऊपर ही जा रहे थे मेरे फेसबुक है इंस्टाग्राम है लिंकेंडिंग है ट्विटर है और भी फाइबर है स्काइप है स्काइप है न जाने कौन कौन से प्रॉब्लम मतलब आज तो उनके प्लेटफॉर्म के नाम भी बोल चुका हूँ कुछ के लेकिन जहाँ पर भी मेरे को देखेंगे सर्च करोगे तो सोशल मीडिया पर किसी भी एंगल पर तो मैं वहाँ पर जरूर मिल जाऊँगा आप लोगों को कहीं न कहीं वैसे ही मेरी लाइफ के अंदर एक मोड आया सोशल मीडिया पर मैं स्क्रॉलिंग कर रहा था एक बीच में एक मैसेज आया हाय आप कैसे हो मैसेज देखा रिप्लाई किया मन किया क्योंकि मेरा नाम भी सुनील कुलहरी है और जिस बंदे का नाम आया था वो भी लास्ट का जो नाम था उसका वो भी कुलहरी था तो मैंने सोचा मैं तो नहीं जानता हूँ लेकिन कहीं ये जानते होंगे मुझे इसलिए मैंने रिप्लाई किया मस्त हूँ आप बताओ आप कैसे उसने कहा कि आप क्या आप मुझे जानते हो मैं जानता तो नहीं हूँ लेकिन क्या आप मुझे जानते हो क्योंकि आपने तो मैसेज किया बोल दरअसल मैंने इसलिए मैसेज किया है ब्रदर कि अगर आपके सराउंडिंग एरिया में कोई बंदा है और वो अपनी लाइफ को लाइफ के में कुछ भी अड़चने आ रही है उसको कोई भी दिक्कत हो रही है तो अगर वो चाहता है कि मैं उसको सॉल्यूशन जाऊँ तो मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ ऐसी कौन सी बात आ गई भाई कि मेरे सराउंडिंग एरिया का बंदा और आपके साथ काम करेगा और आप उसकी हेल्प कर सकते हो चलो मुझे ही बताओ बरोदर क्या हेल्प कर सकते हो कैसे कर सकते हो थोड़ा सा बताओ उन्होंने कहा ठीक है बिल्कुल आप क्या करते हो मोहम्मद सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता हूँ और कुछ नहीं करता बोलो उसके साथ साथ में मैं मैं कुछ नहीं करता उसके साथ साथ बोल नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप कुछ भी नहीं कर सकते दरअसल क्या था उन्होंने मेरी पिक देखी थी लेकिन मेरे ए, मतलब गर्दन से ऊपर ऊपर का जो चेहरा चेहरा था मेरे बायो में वो ही देखा था इसलिए वो नहीं जानता था कि मैं क्या हूँ कैसा हूँ फिर मैंने उसको कहा कि ब्रदर मैं हैंडीक्रेफ्ट हूँ और कुछ नहीं करता हाँ वैसे मैं अपनी लाइफ के मतलब टाइम पास के लिए एक छोटा सा काम करता हूँ बोले वो क्या काम करते हैं मैं फोटो कापी का काम का करता हूँ प्रिंट आउट निकालने का काम करता हूँ मेरे पास में लैप कंप्यूटर है और प्रिंटर है तो मैं ये काम करता हूँ गाँव शहर से दो तीन किलोमीटर दूर है तो गांव के जितने भी लोग होते हैं वो उनकी मदद करने के लिए मैं ये काम करता हूँ बोले अच्छा अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है और बताओ आप बिल्कुल मैं बढ़िया हूँ आप बताओ आप तो बोल आप बता रहे थे कि मैं हेल्प कर सकता हूँ तो बोले मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ में ऐसे एक सेगमेंट के साथ में असिस्टेट असिस्टेट हूँ कि वहां से हम दो तरीके के काम करते हैं मऊ दो तरीके के बोले हाँ मऊ कौन कौन से हैं उन्होंने नौन कहा एक तो है हेल्थ किसी बीमार की मदद करना अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है सेवा भाव का काम है बोल दूसरा दूसरा है बेरोजगारी जिस किसी को पैसे की जरूरत हो अच्छा तो बोल मैं दोनों पर काम करता हूँ बहुत अच्छी बात है भाई दोनों पर काम करते हो उन्होंने कहा कि आपके सराउंडिंग एरिया में कोई ऐसे लोग हैं जिनको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है कोई पीड़ा है और दूसरे वो लोग हैं जिनको पैसे की ज़रूरत है अगर ऐसे कुछ लोग हैं तो मेरे पास उनके नंबर सेंड करो मैं उनसे बात करता हूं तो मैंने कहा ब्रदर मैं ही हूं एक ऐसा मुझे भी चाहिए बोल क्या भाई प्रॉब्लम दोनों ही हैं मेरे पास पैसे के पैसे की तो वैसे कमी नहीं है लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मेरा खुद का कोई काम हो मेरा एक छोटा सा सपना था साथियों मैं मैं बीच बीच में में में ही इस बात को थोड़ा यहीं पर विराम मेरा मेरा जो सपना है उसके बारे में आपको बताना बचपन से शोक था मेरे बचपन से ही सपना था कि मैं कुछ करूँ और कुछ हटके करू अपना तो मैंने बचपन से जब मैं रेडियो सुनता था और रेडियो पर जब मैं मतलब विविध भारती दिल्ली जयपुर के कार्यक्रम तक के कार्यक्रम जो रेडियो पर आते थे वो सुनता था वहां पर एक मतलब अपनी पसंद के गाने सुनने का भी एक, एक कार्यक्रम आया करता था उसमें मैं लगभग फोन मिलाया करता था और मेरी पसंद का एक गाना सुना करता था वो कोई भी हो सकता था ज्यादातर मैं राजा हिंदुस्तानी का गाना सुनता था परदेशी परदेशी जाना नहीं उसके बाद में मैंने एवन एवतन वाले भी गाने सुने फिर मैंने फ़ौजी भाइयों के लिए भी एक बार कोई प्रोग्राम चल रहा था विविध भारती से और वहाँ पर फौजी भाइयों का प्रोग्राम होता था एक जहाँ पर मतलब सभी पूरी फ़ौज के जितने भी मतलब लीडर होते हैं ना वो अपनी पसंद पसंद के गाने सुनते थे तो वहाँ पर भी मैंने कॉल करके जो प्रसारण होता था वो शायद बॉम्बे से होता था विविध भारती का तो वहाँ पर मैंने मुंबई भी उस हेड ऑफिस में फ़ोन करके मैंने गाना सुना था अ मेरे वतन के लोगों जरा आठ में भर लो पानी और वो गाना सुना था मेरी फैमिली के जितने मेरे भाई लोग हैं जो फोर में आर्मी में भी हैं बीएसएफ एस में भी हैं राजरीफ में भी हैं हर हर डिपार्टमेंट में हैं हम वैसे पे एक परिवार के बताऊं तो 22 भाई है लेकिन लग सभी लगभग हम सभी आज के दिन मतलब तीन चार भाइयों को छोड़कर सभी के सभी आज के दिन हम बढ़िया बढ़िया मतलब गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हैं सभी के सभी और जो घर पे रहते हैं तीन चार भाई उनमें से ये मानो घर पर एक ही भाई है जो कुआ संभाल है बाकी सभी के सभी अपना पर्सनल काम करते हैं मेरा जो छोटा भाई है वो भी मतलब भी ये मान के चलो आज यार उनका फाइनेंस का काम है फाइनेंस फाइनेंस का काम करते हैं गाड़ियों का इंश्योरेंस फाइनेंस का और बहुत ही बढ़िया काम चल रहा था और बहुत ही अच्छा इन्जॉय कर रहा था फादर साहब थे वो लेक्चरार से प्रिंसिपल से रिटायरमेंट है 2017 में हुए थे तो मतलब ये मानो जिंदगी बहुत ही रंगीन थी और बहुत ही मज़ा आ रहा था बहुत अच्छा लग रहा था सब कुछ जैसा मतलब जैसा चाह रहा था ना वो ऐसा ही हो रहा था बहुत मज़ा आ रहा था जिंदगी के साथ तो वीडियो में फिर मैंने धीरे धीरे मतलब डेवलपमेंट रेडियो को छोड़ा टीवी आया घर पे टीवी लेके आई तो टी पर भी वो प्रोग्राम था तो कई बार मैंने टी पर भी सोचा और टीवी देखता रहता था दिन रात मतलब टीवी देखना जितना टाइम उसके टाइम टाइम से से मतलब टीवी टीवी ही करता टाइम पास करता पास था था देखता रहता था। टीवी तब एक एक मानस बना कि काश मैं भी सफेदे पर आऊ टीवी को देखा ये न्यूज एंकर आते हैं एंकर वाले आते हैं बड़ी सफाई के साथ न्यूज प्रसारण करते है तो मन में एक दिल में एक सी, खुशी सी हुई कि काश मैं भी अगर ये प्रोग्राम करता तो शायद बहुत मजा आता तो साथियों मैंने वहां से बहुत वेट किया मतलब सोचता रहा सोचता रहा फिर मैंने यूट्यूब चैनल भी बनाया बना जो ये यूट्यूब चैनल पर मैं इस वीडियो को चला रहा हूँ ना ये मेरा यूट्यूब चैनल थोड़ा पुराना है मतलब तो फॉर से पहले का है लेकिन यहाँ पर भी मैं यूट्यूब पर भी ऐसे बहुत काम देखता था उसके बाद में मैंने कुछ ड्राइंग वगैरह भी करी ड्राइंग भी मतलब ऐसी मेरी मतलब मैं अपने आप को सार तक मानता हूँ कि मैंने जिसको भी मैं मैंने ऐसी नहीं मैंने सबसे पहले ड्राइंग मेरे ताऊजी के लड़के को बना के दी थी वो आयुर्वेद के डॉक्टर बने उसके बाद में मैंने मेरी सिस्टर को ड्राइंग बना के दी वो जीएनएम नर्स बने उसके बाद में मैंने मेरे ताऊजी के ही एक और लड़के को बना के दिए वो आज फर्स्ट ग्रेड के टीचर हैं एक उनके बड़े भाई को और बना के दिया वो भी आए पहले राजस्थान पुलिस में थे अब फर्स्ट ग्रेड के लेक्चरर हैं तो मतलब फिर मैंने गाँव से मेरी ड्रॉइंग को देख करके और मतलब बहुत अच्छी ड्राइंग बनाता है बंदा और बहुत ही बढ़िया है तो गांव से भी लोगों का ओफर आने लग गए थे तो मैं गांव में भी ज़्यादा नहीं एक दो को बना के दिया तो वो भी मतलब आज टीचर है टीचर लाइन में वो अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहा है और काफ़ी हद तक मैंने मतलब मतलब मैं अपने आप को स्वाभाविक ये साले मानता हूँ कि मेरे हाथ से जिसका भी जो भी काम बनाना वो सक्सेसफुल हुआ और वो अपनी जिंदगी को ऐस और आराम से व्यतीत कर रहे हैं वैसे ही मैंने भी सोचा कि मेरा भी अब ड्रीम जगा धीरे धीरे फिर मैं सोशल मीडिया पर फेसबुक पर इन पर थोड़ा एक्टिव रहता रहता था रहता था धीरे धीरे लेकिन टाइम पास हो जाता था 2021 में आते आते मेरा रूबरू राहुल जैसे हो हुई और उन्होंने फिर इस बात को हम फिर जो बीच में बात छूट गई थी उसी को आगे लेके चलते हैं तो उन्होंने मेरे से कहा मैंने उनसे पूछा कि चलो आप मुझे बताओ कि ये प्लेटफॉर्म क्या है कैसे है क्या काम करता है तो उन्होंने कहा कि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है दो तरीके से एक तो पहली तो है बेरोजगारी और दूसरी है बीमारी ये हम दोनों ही सेगमेंट पर काम करते हैं ये तो तो बहुत बढ़िया बात है तो वहाँ पर भाई पहले पहले मैं बेरोजगारी वाला बाद में ऑप्शन मुझे बीमारी वाले ऑप्शन पर बताओ बोल कैसे मगो मेरी मम्मी को ऐसे ऐसे समस्या है और मैं चाहता हूँ कि अगर आपके पास अच्छा है कुछ तो आप मुझे बताओ तो उन्होंने कहा बोल बिल्कुल अच्छे से अच्छा है और बहुत ही बढ़िया मैं आपको चीज़ बताऊंगा मैं बताओ बोलो आप पहले मुझे मम्मी की एज क्या है तो मैं भाई सिक्सटी प्लस है और बोलो मम्मी एज है तो उन्होंने पूछा कि प्रॉब्लम है उसकी सिचुएशन क्या है ये बताओ तो मैंने डॉक्टरों से कई मतलब कई जगह सर्टिफाइड करवा लिया था कि जयपुर दिल्ली झुंझुनू चिड़ाव पिलाड़ी आस पास के, के किसी भी जगह के डॉक्टर को मैंने छोड़ा नहीं था तो मैंने वहाँ पर चेकअप करवाया तो डॉक्टरों ने कहा पचानवे परसेंट जो समस्या है वो ये है कि केस बिगड़ने वाला है वो क्यों बोलो ये इसमें क्या है कि पहले ऑपरेशन हो चुके हैं और अब उम्र भी वो नहीं रही और बोलो अब जो अगर हम ऑपरेशन करते हैं तो ये समस्या आएगी चलो ठीक है तो मैं यहाँ पर साथियों किसी भी डॉक्टर या इस चीज़ का किसी के लिए मैं मतलब किसी को बुरा नहीं बता सकता वो सब मतलब डॉक्टर भी अपनी जगह अपना काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा है और मैं किसी को मतलब आज इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ इस प्लेटफॉर्म को जानता हूँ इस सेगमेंट को जानता हूँ इस नेचुरल प्रोडक्ट की वैल्यू को जानता हूँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो मैं पहले जो जानता हूँ उसको भूल जाऊ ये कदाचित मेरे शब्दों में ना तो था और ना है और ना रहेगा मैं एक नॉर्मल और अच्छी जिंदगी जीने वाला बंदा हूँ अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीने वाला और एक बिंदास बनता हूँ मतलब अपने आप को कभी कोसता नहीं हूं और फिर मैंने ये किया मतलब उनको बताया दिखाया उनकी सिचुएसन थी वो राहुल जी को बताई राहुल जी ने उनको बताया कि बोला सुनील जी एक काम करो पे और तो कुछ होगा नहीं होगा लेकिन आप है ना मेरे कहने से ये अगर मैं आपको एक ही बार कहूँगा बस मौके बोल मैं दोबारा मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है दो दु, दोबारा दूसरी बार जो आप प्रोडक्ट लेंगे या नहीं लेंगे वो मेरे प्रोडक्ट बोलेंगे मैं सिर्फ आज आज बोलता क्या बोलने वाले बोलो मैं आज आज आपको बोलता हूँ कि आप मम्मी जी को है ना ये एलोवेरा जेल और आर्टिकसी बोलो ये दो प्रोडक्ट यूज करा दो एक बार मेरे कहने से तो साथियों मैंने ये जो बातचीत थी ये डिस्कस जो था वो सोशल मीडिया पर नहीं हुई है डायरेक्ट कॉलिंग के जरिए हो रहा था तो मैंने उनको पूछ लिया सारी बातें हो गई फिर मैंने ठीक है कितने रुपए का प्रबंध करना पड़ेगा तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो मतलब अराउंड फिगर रुपए के बीच में में प्रोडक्ट आएगा आपका दिन दिन और दिन में या तो ये मान लेना कि मम्मी का ऑपरेशन था वो बीस दिन बाद में हो जाएगा और या फिर ये मान लेना दूसरी बात है कि मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं कि बोलो जो आपके जो चार से पांच हजार रुपए लगने वाले हैं उनको आप अपने आपको ये मान लेना कि ये चार से पांच हजार रुपए है ये आप मतलब जो ऑपरेशन होने वाला है उसमें ऐड हो जाएंगे आपके तो चलो कोई बात नहीं दिक्कत नहीं है बात खत्म हुई मैंने ऑर्डर डाला प्रोडक्ट आए यूज़ किया साथियों वो तीन मतलब उन्होंने मुझे तीन जब प्रोडक्ट मेरे घर पहुंच गए उसके दो दिन बाद में तीन दो दिन बाद में कहा सुनील जी आप प्रोडक्ट कैसे ले रहे हैं तो मैंने कहा कि आपने जैसे बताया था मॉर्निंग में उठते ही एलोवेरा जेल लेना है उसके आधा घंटे बाद में पानी लेना है गुनगुना है पानी जितना पेट भर के और उसके बाद में खाना खाने बीस तो मतलब तो अच्छा दिन में मतलब मेरी मम्मी ने खुद बोल के कहा कि बेटा, जो समस्या थी ना अब मुझे लग रहा है की मेरी मम्मी को रोज पर डे मतलब अपने कानों को ई से सलाई के रोई लगा के और कान को साफ करना पड़ता था पर डे लेकिन 20 दिन बाद में जब देखा तो दो दिन से कान को साफ करने की मतलब बोलते थे कि मैं दो दिन से कान साफ कर रही हूँ अब मुझे इतना बोलो मवाद और ब्लड जो आ रहा था वो नहीं आ रहा है रुक रहा है वो चलो बहुत अच्छी बात है मैंने प्रोडक्ट और मंगवाए साथियों और रेगुलर तीन महीने यूज करवाए साथियों मैंने वहां से वो रिजल्ट लिया कि अपने आप को फिर मैं मतलब पीछे मुड़ के देखने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी तीन महीने मैंने कंटिन्यू यूज करवाए और तीन महीने में मेरी मम्मी जी के जो पहले जब हम बातचीत करते थे तो लाउडली बोलना पड़ता था लेकिन उसके बाद में मुझे लाउड बोलने की भी जरूरत नहीं थी और नॉर्मल नौ, बोलते थे वही आवाज़ उनको सुन जाती थी वैसे मैंने उनको कानों में जो मशीन होती है ना लगाने की जिससे हम सुनते वो मशीन भी लाके दे रखी थी लेकिन उसकी भी जरूरत नहीं पड़ रही थी और बहुत ही अच्छा रिजल्ट था और साथ बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिला फिर मैंने रिजल्ट का मतलब नौ महीने बाद में मैं मेरी मम्मी का कान बिल्कुल साफ हो गए आवाज भी अच्छे से थोड़ा अच्छे से सुनने लगे लाउड नहीं बोलना पड़ रहा था और ब्लडिंग पानी वगैरह कुछ नहीं आ रहा था तो मैंने सोचा चलो जो भाई पंद्रह से बीस हजार रुपए खर्च हुए मेरे प्रोडक्ट के ऊपर बीस से तीस हजार रुपये लेकिन उसका मुझे मलाल नहीं था क्यों नहीं था क्योंकि वो बीस तीस की बजाय तो मुझे पचास साठ रुपए लगने वाले थे पचास साठ एक एक ऑपरेशन के लिए साठ हजार रुपए बताए थे और वहां पर पचास से साठ हजार रुपए उनको नाइन्टी फाइव परसेंट थी वो समस्या मतलब जो की त्योर रहने वाली थी सिर्फ इतना ही था जो हड्डी गल रही थी उसको ऑपरेशन से काटते और काट के बाहर निकाल देते जब तक नए सिरे से होती तब तक और साल आगे चला जाता बस इतना ही था। फिर मैंने वहाँ पर मैंने पर किया कि से रुपए में एक ऑपरेशन बेट, करवाता एक कान का होता दूसरे कान से मवाद आ रही थी तो वो समस्या तो रहती अब बीस से तीस हजार रुपये में मेरे मतलब लाख रुपए जो लगने वाले थे वो भी कम हो गए मैं बीस से तीस हज़ार रुपये में वो काम दोनों कानों का मतलब साफ कर दिया सही हो गए और साथियों उसके बाद में मैंने मेरी मम्मी को और भी मतलब आर्टिक सी और रॉयल जेली भी यूज करवाया एक बार नेक्टर भी यूज़ करवाया और मतलब उनके जॉइंट पेन की भी प्रॉब्लम थी थोड़ी तो उसमें भी मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला उनको और काफ़ी हद तक बहुत अच्छा रिजल्ट रहा लेकिन फिर ना है ना मा, माता पिता ये नहीं जानते कि मतलब उनको यही लगता है कि पैसा बहुत लग ओरिजिनल और, मतलब रिजल्ट है लेकिन उसका पैसा बहुत लग रहा है सिर्फ दिमाग में एक ही बात जाती थी कि पैसा बहुत लग रहा है पैसा बहुत लग रहा है तो साथियों मैंने फिर इसी बात को यहां आज की जो ये वीडियो है मैं यहीं पर अगली एक, एक और वीडियो लेके आ रहा हूँ उसमें मैं मेरे फैमिली के और लोगों के बारे में भी आप लोगों से रूबरू रू करवाऊंगा बातचीत करूँगा तो आज के इस वीडियो के लिए थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने मुझे इतने पेशेंस के साथ सुना थैंक यू थैंक यू थैंक यू।, यू आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना अब मैंने ये ठान लिया है कि ये सोशल मीडिया ही मेरे जीवन की वो मुकाम है जो मुझे पहुंचा सकती है और मैं पहुंच सकता हूं तो आप डेफिनेटली पहुंच सकते हैं आपके पास तो वो सब कुछ है जो मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं हो के भी मेरे पास बहुत कुछ है तो थैंक यू बोलता हूं फिर से अगेन थैंक यू मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को अपने यार दोस्तों तक जरूर भेजना हो सके तो मचा धमाल आओ मैंने मेरे YouTube पर Google form का फॉर्म डाल रखा है फॉर्म फिल करो मैं तुरंत आपसे कॉल करूंगा आपसे संपर्क करूंगा और आप लोगों को भी, भी हेल्प करूँगा जो मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं बहुत ही मजा आएगा बहुत ही मजा आएगा थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच ओके बाय बाय आपने मेरे YouTube चैनल को देखा इस वीडियो को देखा सराहा बहुत बहुत धन्यवाद आपने मेरे YouTube चैनल को देखा